अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा साल 2020 आप लोगों के लिए क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि वर्ष 2020 में आपके जीवन में क्या क्या खास होने वाला है हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों हम आपके सब, जो है समझ प्रस्तुत हैं मूलांक को लेकर के यदि आपका भी मूलांक एक से लेकर के नौ के बीच में है तो यह भविष्यफल आपके लिए ही है और यह अंक ज्योतिष पर पूरी तरीके से आधारित है ज्योतिष शास्त्र के कई भाग हैं तो इसमें जो है अंक शास्त्र की एक अलग ही महिमा होती है अंक शास्त्र से हम वो सभी कुछ जान जाते हैं जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है लेकिन टाइम नहीं पता है तो यहाँ पर आप अपने मूलांक के अनुसार आप इस राशिफल को देख सकते हैं और लगभग 60 टू 70 परसेंट इस जो है 2020 में जो जो घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली होंगी वो जरूर ये होंगी इसके साथ साथ दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि वर्ष 2020 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी क्या होने वाला है आपकी नौकरी में आपका व्यापार किस प्रकार से जो है चलेगा उतार चढ़ाव कैसा रहेगा इसके अतिरिक्त आपको अपने पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में होने वाली हलचलों के भी बारे में हम आपको बताएंगे तो दर्शकों देरी किस बात की है तैयार हो जाइए अंक ज्योतिष के माध्यम से अपना भविष्य जानने के लिए अंक ज्योतिष और वर्ष 2020 देखिए दर्शकों एक चीज बताएं 2020 जो है ए, कई मामलों में जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है वर्ष 2020 के यदि हम अंकों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि इसमें जो दो अंक है नंबर टू है इसकी दो बार पुनरावृत्ति हुई है दो का अंक जो होता है अंक शास्त्र में ये चंद्रमा के कारक को प्रदर्शित करता है चंद्रमा ग्रह को प्रदर्शित करता है और यदि इसको हम टोटल इसका योग कर लें दो का तो ये टोटल आएगा नंबर फोर पे नंबर फोर जो होता है राहु का अंक होता है तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि साल 2020 विशेष रूप से अंक संख्या जिनका भी जो है मूलांक चार हो गया उनके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है जो जो नंबर फोर से प्रभावित है उनके लिए काफ़ी कुछ प्रभाव जो है अच्छा रहेगा बुरा रहेगा इस पर तो, तो हम आगे चर्चा करेंगे तथा जो लोग चंद्रमा से हैं उनके लिए भी ये प्रभावित होगा जैसे मान लीजिए कि जिनका जन्म बाईस तारीख को हुआ होगा चार तारीख को हुआ होगा तेरह तारीख को हुआ होगा तो उनके लिए साल में जो है अनेक महत्वपूर्ण बदलाव देखने वाले आएंगे चार अंक वालों के लिए तो यह साल अत्यंत भाग्यशाली होने वाला है लेकिन बाकी मूलांक वाले लोगों के लिए इस साल क्या खास रहेगा इन सभी यक्ष प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं ज्योतिर्विदासी पांडे लखनऊ से आप सभी समच के समक्ष हूँ और दर्शकों बताना चाहेंगे कि ये जो भविष्यवाड़ी है ये मूलांक पर ही आधारित है ये आपके भाग्यांक पर आधारित नहीं है मूलांक मतलब ये होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो फर्स्ट अक्षर होता है जैसे हमारी एटींथ है तो यदि हम 1 प्लस एट करेंगे तो 9 इट मीन्स कि ये मूलांक हो गया तो मूलांक पर आप इसको जान सकते हैं आपका जन्म जिस तारीख को हुआ हो उसको एक अंक में बदलकर आपका मूलांक प्राप्त किया जा सकता है हमने आपको जो है एग्जाम्पल भी देखिए दर्शकों दे दिया तो भविष्य चलते हैं दो के लिए तो दर्शकों यदि आपका भी मूलांक दो है और आपका भी जन्म किसी भी माह की दो तारीख बीस तारीख या फिर उनतीस तारीख को हुआ है तो जान जाइए कि आपका भी मूलांक दो है दर्शकों ये जो हमारा राशिफल है ये मूलांक पर आधारित है मूलांक दो वालों के लिए साल 2020 काफ़ी बड़े बदलाव लेकर के आने वाला है इस वजह से ये साल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा अंक ज्योतिष के अनुसार आपको अपनी भावुकता से बाहर निकल करके अब व्यवहारिकता की ओर बढ़ना होगा ताकि जीवन में आने वाली सच्चाई से आप रूबरू हो सके इस वर्ष मूलांक दो वालों के लिए विदेश यात्राओं के तमाम गोल्डन चांसेस मिलेंगे जिसकी वजह से आपकी लंबे समय से विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है यदि आप एन हैं और Uh, क्या कहते हैं परमानेंट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रखा है तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस वर्ष आपको जो है विदेश की नागरिकता भी हासिल हो जाएगी इस वर्ष आपको अपने मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि आपका जो भी काम इस वर्ष बनेगा उसमें आपके प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे अंक ज्योतिष दो के अनुसार मूलांक दो वालों के लिए जो लव लाइफ रहेगी काफ़ी ये साल अनुकूल रहने वाला है देखिए कोई नया प्रेम संबंध आपका स्थापित होगा ही होगा और आपका प्रेम संबंध वैवाहिक जो है रिश्तों पर पहुंच करके विवाह के बंधन में भी बंधेगा लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच हो सकती है जिसमें आपके प्यार की अन्य परीक्षा होगी चाहे वो घर परिवार वालों की तरफ से हो या आप लोगों के ईगो के कारण हो तो आप लोग अपने जो है प्यार पर भरोसा रखिएगा किसी भी शक की जो है सुई मत एक दूसरे के ऊपर उठाइएगा और कोई आरोप प्रत्यारोप मत करिएगा नौकरी के मामले में मूलांक दो वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है नौकरी के मामले में आपको दिल की जगह दिमाग से काम लेना होगा क्योंकि कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी जिनको आप दिल से नहीं दिमाग से ही हल कर सकते हैं जैसे कि उच्चाधिकारियों के साथ आपके कुछ बात विवाद हो सकते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी वाड़ी पर नियंत्रण करना रहेगा क्योंकि टोटल राहु का जो है इफेक्ट रहेगा इस साल तो दर्शकों देखिए उच्च अधिकारियों के पास आप कभी भी जाइए तो कोशिश कीजिएगा कम बोलिएगा इसके साथ साथ दर्शकों जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए मुलाकातों के लोग तो उनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है नौकरी के मामले में आपको जो है हमने आपको बताया कि कोई नई जॉब भी यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ेगी इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जो है अनुकूल परिणाम उनके मेहनत के अनुसार प्राप्त हो सकते हैं संतान के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है यदि आप महिला हैं और प्रेग्नेंट हैं तो आपको विशेष रूप से अपनी जो है केयर करनी पड़ेगी इसके साथ साथ बताना चाहेंगे मूलांक दो वाले इस साल कुछ गलत संगति में पढ़ सकते हैं सुरसुराज सुंदरी तीनों के जो है संपर्क में आ सकते हैं इनसे आपको बचना रहेगा विदेशी व्यापार से अच्छे लाभ Uh, मिलने के योग मूलांक दो वालों को बन रहे हैं इसके साथ साथ uh, यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ चीटिंग मिल सकती है इस वर्ष आपको कुछ कामयाबी मिलेगी धन के मामलों में पूर्व में किए गए निवेश जो है इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो कोई पुराना रिश्ता दो में आपको एक नई सीख एक नई समझ दे करके जाएगा इसके साथ साथ वर्ष दो आपके लिए कुछ नया रहने वाला है दर्शकों आपने यदि किसी को पैसा दे दिया है और आपका पैसा फंसा है अभी तक आपको नहीं मिला है और मूलांक दो के हैं तो निश्चिंत हो जाइए वो पैसा किसी ना किसी मार्ग से आपके पास जरूर आएगा इस वर्ष उच्च शिक्षा के लिए मूलांक दो वाले बाहर जा सकते हैं और उच्च शिक्षा के लिए किसी हायर कॉलेज में उनका एडमिशन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है मूलांक दो वालों को यहाँ पर हम सलाह देना चाहते हैं कि वाहन इत्यादि आप लोगों को बहुत ही सावधानीपूर्वक चलाना होगा अब आते हैं इस वर्ष को शुभ बनाने के लिए आपको उपाय रेमेडी क्या करनी होगी तो देखिए सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि एक चांदी का कड़ा यदि पहन सकते हैं तो लगभग बावन ग्राम से ऊपर आप लोग पहनिए दूसरा करना क्या रहेगा आप लोग अपनी जन्म कुंडली भी दिखवा सकते हैं यदि आपको एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस पता है अन्यथा आप एक पर्व मोती जिसको बोलते हैं इसको धारण कर लीजिएगा गले में भी पेंडेंट के रूप में भी पहन सकते हैं राइट हैंड के लिटिल फिंगर में भी आप मोती को पहन सकते हैं तीसरा एक प्रयोग ये करना होगा कि जब भी आप पानी का सेवन करिए जल का सेवन करिए तो कोशिश कीजिए चांदी के पात्र में किया करिए देखिए पहले के राजा महाराजा लोग सोने और चांदी के पात्र में भोजन करते थे तो कोई ना कोई उसका रीजन तो था, था ही। तो वो भी आप लोग करिए सोना आपने वो एक्ट एक सुना होगा सोना चांदी चौनप्रास का सोना दे मजबूत जो है तन और चांदी दे तेज दिमाग तो आपके मन को आपके दिमाग को चांदी बिल्कुल जो है बहुत तेज करेगा और वैसे भी जो है चंद्रमा जो होता है ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक ग्रह होता है जल का सेवन अधिक से अधिक आपको करना होगा हर माह में एक पूर्णिमा आती है फुल मून वाले दिन कोशिश कीजिए पूर्णिमा वाले दिन आपको उपवास करना रहेगा आपको व्रत रखना रहेगा और उस दिन खीर बना करके आपको जो है चंद्रमा की रोशनी में रखिए घंटे भर एक घंटा डेढ़ घंटे के करीब और उसके बाद आप उस खीर को ग्रहण कर सकते हैं देखिए दूध जो होता है दूध में लैक्टिक एसिड होता है और जो चावल होता है उसमें स्टार्च होता है प्लस यदि ये चांदी के पात्र में है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ये जब आपके शरीर में जाएगा तो आपका मन शांत रहेगा जो भाग्य के दरवाजे बंद थे वो चंद्रदेव खोलेंगे चंद्र त्राटक आपको प्रतिदिन करना रहेगा एक बात और बताना चाहेंगे कि राहु से रिलेटेड कुछ आप लोग दान कर डालिए जैसे सुरमे का दान हो गया काले तिल का दान हो गया चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का दान हो गया इसके अलावा कोयले का दान हो गया ठंडा आ रह, आ रही है तो किसी भी गरीब के घर में आप जाइए कोयला दे दीजिए इसका दान करिए बहुत अच्छा रहेगा पानी में मत बहाइएगा बड़ा बेकार होता है लेकिन यदि आप किसी को गरीब को देंगे और वो कोयले का उपयोग करेंगे तो यकीन मानिए कि राहू आपका बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा इसके साथ साथ दर्शकों को एक चीज बताना चाहेंगे एक नारियल ले लीजिएगा इस वर्ष और शनिवार वाले दिन अपने सर से ऊपर से सात बार एंटी क्लॉकवाइज वाइज उतार करके अपने विष बोलते हुए बहते जल में आप प्रभावित कर जो है प्रवाहित कर दीजिएगा आपको मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे तो दर्शकों ये तो था हमारा जो है राशिफल मूलांक दो वालों के लिए कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए मिलते अपने नए वीडियो में दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार स